डॉक्टर साहब बाबा सिंह उन सब बीमारियों की जो इलाज हो रहे पद्धति द्वारा क्या इसमें कितना रिस्पॉन्स मिलेगा कितने को देखिए हमारे यहां तो पिछले 18 सालों से हम छारूत से ही काम करते रहे हैं और अभी तक जो रिज़ल्ट है हमारे यहां नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन रिज़ल्ट रहे हैं कहीं हज़ार केस में किसी एक आध केस में कुछ दिक्कत छोटी मोटी हुई होगी तो हुई होगी अदरवाइज तो छात्रसूत सबसे बेहतर है लेकिन आज के इस परिवेश में जब आदमी के पास समय की थोड़ी पाबंदी है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है खासकर करके फिसला के पेशेंट में या आ, फिशर के पेशेंट में जिसमें जो लो एन एल है या फिर यूँ कह सकते हैं फिशर इंड्यूस्ड फिस है ऐसे केसेस में अगर लेजर से काम किया जाता है तो समय की बचत हो जाती है हालांकि थोड़ा खर्चीला पड़ता है इन कम कम्परेट, कम्पटिवली के लेकिन थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है खासकर करके वह लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं लेज़र को उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए आ, आ, बहुत लांग फिस्टुला है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है ऐसे केसेस में लेजर का बहुत अच्छा रोल नहीं है उसमें छा ही सबसे बेहतर है और सेंटिनल टैग है जिसको हम लोग वादी बवासिर गाँव में कहते हैं उसमें रिज़ल्ट है लेजर का जहां चार हफ्ता पाँच हफ्ता पेशेंट पेन या थोड़ा आना जाना उसका लगा रहता है वहाँ एक हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो जाता है तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि लेजर और छासूत्रा दोनों को अगर प्राक्टोलॉजी में आ, इस्तेमाल किया जाता है तो विकल्प ज़्यादा खुल जाते हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट मिल जाता है इसमें इसको बचाव तो किसी भी विधा से कराया जाता है देखिए एनोरेक्टल डिजीजेज़ में रोगों में मुख्य रूप से जो कारण है उसका वो कॉन्सिपेशन कब्ज है अब कब्ज अगर होती है तो चाहे वो एलोपैथ सर्जरी से आप काम कराते हैं लेजर से करा, काम कराते हैं छासूस काम कराते हैं इसके बावजूद भी अगर कब्ज जो है परसिस्ट करता है आपको बार बार कब्ज़ होती है लॉन्ग टाइम डेफिकेशन के लिए आप बैठते हैं टॉयलेट में प्रेशर लगाते हैं है स्ट्रेन करते हैं तो ऐसे में आपको दोबारा कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की गुंजाइश रहती है इसका ट्रीटमेंट की विधा से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ हमने लेजर से करा लिया तो हमको दोबारा नहीं होगा या हमने छासूत्रा से करा लिया हाँ छासूत्रा में रिक्रेंसेज ना के बराबर हैं वो इसलिए क्योंकि ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और नेचुरल तरीके से एक हीलिंग होती है इसलिए छा सुूथरा उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है लेकिन अगर शार्ट टर्म मतलब शार्ट ट्रैक फिसुला है तो उसमें लेजर सफल है कोई दिक्कत नहीं है